तो भाई लोग सभी लोग का स्वागत है आज के एक नए वीडियो के अंदर मेरा नाम है जी और आप लोग देख रहे हो टोटो मीट्यूब चैनल और आज आप लोग बात करने वाले हैं फ्री फायर के नए अपडेट के बारे में मतलब आज सुबह से आपका गेम ओपन नहीं हो रहा अगर आप लोग सोच रहे हो फ्री फायर बैन हो गया क्योंकि आज के थोड़ा टॉपिक चर्चा में है कि क्या फ्री फायर को बैन किया जाए तो वैसे मैं फ्री फायर बैन तो नहीं हुआ है बस गेम के अंदर बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है मतलब गेम के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नई आने वाली है नई चीज़ें ऐड होगी वो नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है तो वही चीज़ों के बारे में अब लोग बातचीत करने वाले हैं और सुबह साढ़े नौ बजे से लेके रात के, के छः बजे तक आपका गेम ओपन नहीं होगा एंड उसके बाद आपको प्ले स्टोर के अंदर अपडेट देखने को मिलेगा उसे अपडेट करोगे तो आपका गेम ओपन हो जाएगा अगर आपको छः बजे अपडेट देखने को नहीं मिलता तो सिंपल बात है आपको मोबाइल को स्विच ऑफ करना है उसके बाद रिस्टार्ट करो प्ले स्टोर में जाओ और एक दो बार ट्राई करो आपको अपडेट देखने को मिलेगा और उसके बाद आप लोग अपडेट कर सकते हो और उसके बाद भी ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग ना जैसी अपडेट आएगा उसके बाद तुरंत ही गेम के अंदर देखने को आएगा मतलब झाई सी बात है सुबह से आपकी तरह कई सारे लोग हैं जो गेम नहीं खेल पाए हैं तो लोग वेट ही कर रहे हैं जैसी अपडेट आएगा गेम ओपन करेगे सभी लोग एक साथ प्ले करेगे ना तो सर्वर पूरा जाम हो जाएगा एंड उसकी वजह से ना कहीं सारे लोगों का गेम लोड नहीं होगा या कोई ना कोई एरर देखने को मिलेगी तो सभी एरर जो है ना वो देखने को मिले तो घबराने की बात नहीं है आप ऐसा समझ के चलो कि आज के पूरे दिन आप गेम खेल ही नहीं सकते हो आज के दिन गेम के अंदर ये एक फ्राइडे मतलब होलीडे होता है ना फ्राइडे के होलीडे होता है वैसे एक होलीडे है और आप लोग गेम नहीं खेल सकते तो सिंपल है आप दूसरे दिन सुबह में जैसे स्टार्ट करोगे मतलब गेम स्टार्ट हो जाएगी और आप गेम खेल सकते हो तो अभी लोग बात करने वाले की तो बड़ा सा अपडेट आने वाला है उसके अंदर गेम के अंदर क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेगा मतलब नई नई चीजें क्या देखने को मिलेगी तो उन सभी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे एंड उससे पहले अगर आप लोग ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ बनाता रहता हूं अगर कोई चीज नई गेम के अंदर आने वाली है तो, तो अभी आप लोग बात करने वाले हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की अपडेट के अंदर क्या देखने को मिलेगा तो जो पहला अपडेट है वो सिंपल है अपन को एक नया लोवी देखने को मिलेगा जो कि हर अपडेट के बाद देखने को मिलता है तो इसमें तो क्या ही नया है भाई एकदम ईजी पीजी मतलब मैंने स्टार्टिंग थोड़े छोटे अपडेट के साथ किया अभी मैं बड़े बड़े अपडेट आपको बताता जाऊंगी और आप लोग भी बोलते जाओगे माय गोड़ अज्जू बाई क्या ही बात कर दी तो इसको पहले मैं मार देता हूँ अरे भैया तुम अभी इधर आना था क्या मैं अपडेट की बात कर रहा हूँ तो अभी एक और अपडेट के बारे में बात करते हैं कि आपको गेम के अंदर दो नए कैरेक्टर देखने को मिलेंगे एक नहीं दो। और दोनों के दोनों कैरेक्टर मेल कैरेक्टर है आई थिंक मेरे ख्याल से इस अपडेट के बाद फीमेल कैरेक्टर देखने को मिलेगा बट वो टाइम लग सकता है तो मेरे को पता नहीं वो आने वाला है कि नहीं आने वाला है बट दो नए मेल कैरेक्टर आएंगे और उसकी एबिलिटी बहुत ही एपिक है पहला जो मेल कैरेक्टर होगा उसका नाम दोनों में से किसी का मैं नहीं जानता बट उसकी एबिलिटी मैं जानता हूँ मतलब कि उनकी शक्तियाँ जो होगी ना कैरेक्टर के अंदर वो मैं जानता हूँ जैसे आलोक की है क्रोनो की है कि अपने आसपास पास बना सकते हैं वैसे ही एक कैरेक्टर की एबिलिटी बहुत ही है पी आप लोग अपने आप को रिवाइव कर सकते हो मतलब सेल्फ रिवाइव की एबिलिटी है एंड उसके साथ अगर आपका टीममेट्स कोई नोक होता है ना तो आपको उसके पास में जाके रिवाइव का बटन दबाना होता है उसके बाद ही वो बंदा रिवाइव होना स्टार्ट होता है बट इस करेक्टर के अंदर ऐसा नहीं होगा आपको बस इस कैरेक्टर को मैक्स लेवल पे अपग्रेड करना है एंड उसके बाद आप अगर आपका टीममेट कहीं पे भी डाउन है वहाँ के पाँच मीटर के अंतर में चले जाते हो ना तो ऑटोमेटिक रिवाइव होना स्टार्ट हो जाएगा आपको वो प्लस वाला टिक मार्क जो आता है उसको दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सिर्फ और सिर्फ उसके पाँच मीटर के दायरे में जाना है जहाँ पे वो लोग ने गोबर किया आपके टीम ने जहाँ पे वो मरा है जबकि उसको मरना निकलिए मेरे को पता नहीं यार अपने टीम इतने जल्दी नोक कैसे होते हैं अगर अपने टीम में स्नोके नहीं होते ना जल्दी तो ये कैरेक्टर देने की जरूरत ही नहीं पड़ती बट फिर क्या ही बोले बट अपने अपने जो दोस्त होते हैं ना भाई मतलब मुझे पता नहीं कि तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं कि नहीं है बट मेरे दोस्त इतने नालायक है ना भाई मतलब तुरंत ही जैसे ही बंदा दिखा डाउन और बीख मांगेगा पूरा ऐसा कि भाई रिवाइव कर दे रिवाइव कर दे दिमाग खा जाएगे अब वैसे अपन लोग वो टॉपिक जा रहे हैं मतलब तो टॉपिक से हट गए हैं तो अपन लोग वापस से जाने वाले अपग्रेड वाली चीज़ों के ऊपर अगर आप लोगों के दोस्त ऐसे तो कमेंट कर सकते हो बट उसी के साथ अगर आप लोगों ने अभी तक तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना जैसे मैं कर रहा हूँ आप लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाओगे ना उसके पास में एक बेल वाला आइकन बन के आएगा उस बेल वाले आइकन को दबा के आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है और आप तुरंत ही हमारे एक फैमिली का हिस्सा बन जाओगे जो कि एक वाकई में दमदार बात है तो गाई अगर आप लोगों ने नहीं किया भाई लोग तो कर दो सब्सक्राइब और बेल वाला आइकन दबा के ऑल नोटिफेशन ऑन क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज है ट्वेंटी मिलियन सब्सक्राइबर फैमिली के और आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलेगी आप सबसे पहले वीडियो वगैरह देख सकते हो तो ये सब थोड़े बहुत बेनिफिट्स हैं तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सके तो मेरे लिए भाई इतना कर देना अभी देखो अपन आगे बढ़ते और एक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे एक जो नया और कैरेक्टर होगा ना उसका ऐसा है कि आप किसी प्लेयर को ना आपका टीममेट्स अगर डाउन होता है तो उसको रिवाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम लगता है तीन या तो चार सेकंड लगते हैं और अगर इस कैरेक्टर की बात करें अगर आप ये कैरेक्टर को लेकर आते हो मतलब तो ये कैरेक्टर को एक्ूब करते हो और उसको नेक्स्ट लेवल पर अपडेट कर देते हो तो उसके बाद आप जिस टीम को रिवाइव करोगे तो रिवाइव होने के बाद वो तुरंत खड़ा होकर उसको तुरंत चालीस एच मिलेगा मतलब फोर्टी एच मिलेगा और साथ ही अब देखो ये तो एक और कैरेक्टर है जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो जिसे आप रिवाइव करोगे ना तो उसको कुछ 70 जितना एच भी देता है बट इस कैरेक्टर के अंदर फायदा ये है कि आप अपने टीममेट्स को जब रिवाइव करोगे ना वो टाइम बहुत ज़्यादा फटाफट हो जाएगा मतलब रिवाइव करने का टाइम जैसे आप मेडिकेट फटाफट मार सकते हो कैरेक्टर ये एबिलिटी के साथ वैसे आप रिवाइव भी बहुत फटाफट कर लोगे अपने टीम को तो ये बेनिफिट्स है और काफ़ी सही है ये वाला कैरेक्टर इतना ढांसू नहीं है जितना जो पहले वाला कैरेक्टर मैंने मेल वाला बताया था वो ढांसू था तो इसके बारे में भी बात कर दिया अभी जैसे ही नया अपडेट आता है तो मतलब वो तो नॉर्मल ही गोल्ड गोल्ड्रोइल आता है न्यू इंक्यूबेटर आता है तो वो सब चीज़ें नॉर्मल है तो उसके बारे में लोग बातचीत नहीं करेंगे बट साथ ही में गेम के अंदर एक नया पेट भी आ रहा है और ये पेड भी बहुत ही एपिक है और इस पेट की ना एबिलिटी में बता तो इसकी मतलब शक्तियाँ मैं तुम्हें बताऊँ जो शक्ति आपन बोलते हैं ना इसके पास पावर क्या होगी तो पावर में ऐसा है कि ये पेट आपको कैसा है कि आप किसी बंदे को मारते हो मोको कैरेक्टर के साथ तो आप जिस बंदे को मारोगे ना उसके ऊपर एक एरो बन के आएगा कि यहाँ पर ये बंदा मूव ऑन कर रहा है तो पाँच सेकंड तक रहता है पाँच या छः सेकंड तक आई थिंक रहता है बट अगर आप लोग ये कैरेक्टर को यूज़ करोगे कैरेक्टर क्या है पेट को यूज़ करोगे तो आपके एनिम मतलब आपके दुश्मन जब आप उनको मारेंगे ना मतलब तुम लोगों को अपने दुश्मन मारेंगे तो आपके ऊपर जो मार्क आता है ना मौकों के साथ वो मारते तो वो मार्क एक मार्क आता है वो मार्क सिर्फ और सिर्फ उनको दो सेकंड के लिए दिखेगा तो ये पेट की भी शक्ति इतनी ज़्यादा ऊपी नहीं है बट जब आएगा उसके बाद पता चलेगा कितनी ओ है और कितनी ओ नहीं है और गरेना ने तो बकायदा इसका पोस्ट डाल दिया वो अपने फेसबुक पेज वगैरह पे कि गेस करो पेट क्या आ रहा है गू जैसा पेट है क्या है भाई अभी क्या बोलने का मेरे को यार चलो गाइड अभी आगे बढ़ते एक और चीज़ के लिए और ये चीज़ भी बहुत ही हैप्पी है अगर आप लोगों ने अभी तक एम के बारे में अरे यार क्या बात करें एम फोर एवन के बारे में किसने नहीं सुना अगर तो ये चीज़ ऐसी है कि एम जो गन है ना उसके अंदर एक एडवांस अटैचमेंट देखने को मिलेगा एडवांस अटैचमेंट हाँ मैंने सही प्राउस किया अभी अटैचमेंट जो होगा ना वो होगा M4 की कोई सर्किट है मतलब एक चिप होगी वो चिप आपको वेंडर मशीन पे मिलेगा मतलब जो वेंडर मशीन बोलते हैं या जो भी बोलते हैं वेंडर दुकान बोलते हैं लोग तो गेम के अंदर उसको तो वहाँ से वो चिप मिलेगी और अगर आपने एम के अंदर उसको लगा दिया भाई आपका झिंगा लाला हुंगा लाला हु हो, हो, हो जाएगा मतलब, मतलब मज़ेदार एम चलेगी तो एक ये एडवांस चीज़ आपको देखने को मिलेगी और गेम के अंदर दो गन नई आने वाली है उसमें से एक गन का फोटो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया और दूसरी गन का मेरे को पता नहीं लगा तो मैं नहीं बता पाया बट हाँ एक नई और गन की स्किन आने वाली है गन की स्किन क्या गन आने वाली है तो अभी आगे बढ़ते हैं एक और अपडेट की तरफ और वो अपडेट ऐसा है कि मेरे को देखने दो मैं भूल गया कौन सा था मतलब मैं इसीलिए ना एक कागज के अंदर लिख के रखता हूँ कि ये पर्ची है मेरे पास पच्ची उसके अंदर देखा अभी एक अपडेट और ऐसा है कि आपको क्लेश कोड के अंदर भीख मांगे दोस्त मैं दोस्तों को ना नालायक ही समझा मतलब उसको कोई इज्जत नहीं देता दोस्तों अगर आप लोग दे तो अच्छी बात है देनी चाहिए इज्जत बट मेरे दोस्त इज्जत के लायक नहीं है तो मैं उनको इज्जत नहीं देता अभी क्या होता है ना कि अपने भीख मांगे दोस्त वो क्लेश कोड जब अपने साथ खेलते हैं ना तो उनके पास पैसे कम हो जाते हैं मतलब उसके पास खरीदने के लिए गन खरीदने के लिए पैसे वगैरह नहीं होते तो आप गेम के अंदर क्लेश मोड के अंदर आप रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने बंदे से मतलब अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई तेरे पास अगर पैसे है तो मेरे को ये गन खरीद के दे और वो खरीद के आपको देखा तो ये वाली चीज़ कैसी लगी कमेंट करके बताना क्योंकि आज से आप अपने दोस्त को बाकायदा बिख दे सकते हो अगर उसके पास कोई गन नहीं है तो यह चीज़ मेरे को तो बहुत ही ओ लगी एंड उसके अलावा एक फोटो ओवर में स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ डबल बैरल है या एक्स है यू जी आई है उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे डबल बैरल थोड़ा सा डाउन करेंगे और उसके साथ में जो एक्सम है उसकी थोड़ी सी ऊपर तक मतलब पहुंच बढ़ाएगा मतलब थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे और यू को भी थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे बट क्या चेंजेस होगा वो तो प्रॉपर अपन को जब अपडेट आएगा उसके बाद ही पता लगने वाला है अभी हम लोग वो चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं जैसे न्यू एक आ, मोड आने वाला है जिसके अंदर आप वन वन खेल सकते हो एंड उसी के अलावा कुछ नई अटैचमेंट देखने को मिलेगी मतलब नए अटैचमेंट गेम के अंदर देखने को मिलेगी अब वो अटैचमेंट क्या है वो मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ तो आपको बेटर समझ आएगा और ए मैगजीन के लिए मतलब कोई अटैचमेंट है उसके अलावा शॉर्ट मजल है शॉर्ट के अंदर मजल लगेगा देख रहे हो आप लोग एंड उसके अलावा एसएमजी मजल भी आपको देखने को मिलेगा तो आगे अपडेट के बारे में बात करें तो अगर आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो इसका मतलब है कि आप भी हमारे चैनल के मतलब टोटल आर्मी का एक हिस्सा बन चुके हैं फैमिली मेंबर बन चुके हैं तो थैंक यू सो मच गाई वीडियो देखने के लिए और अभी इधर ही अपन लोग इस अपडेट को ना समाप्ति करते हैं जितने भी अपडेट आने वाले थे ऑलमोस्ट मैंने सभी सभी अपडेट आपको काउंट करवा दिया मतलब बता दिए हैं। आई होप आपको ये आप वीडियो पसंद आएगा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन पता लगे कि इस वजह से गेम को बंद रखा गया है आज के लिए बाकी मिलते हैं कल तब तक के लिए बाय बाय आई होप यारों ने वीडियो एंजॉय किया होगा दिल से एंड कल मिलेगा तब तक क्या बोलते हो बाइ लोग भी